न बताऊंगी सबसे छुपाऊँगी कुछ न बताऊंगी शादी करूँगी पहली बार वह मेरा दिल तेरा आसिक शादी करूँगी पहली बार वह मेरा दिल तेरा आसिक मलिया घर जाऊँगी मलिया घर जाऊँगी मोर ले आऊँगी मलिया घर जाऊँगी मोरा ले आऊँगी मोरी पे आई है बहारे वही मेरा दिल तेरा आसिक मोरी पे आई है बहारे वही मेरा दिल तेरा आसिक सबसे छुपाऊंगी कुछ ना बताऊंगी सबसे छुपाऊंगी कुछ ना बताऊंगी शादी करूंगी पहली बारी वही मेरा दिल तेरा आसिक शादी करूँगी पहली बार वही मेरा दिल तेरा आसी य घर जाऊँगी जुतवा ले आऊँगी मचिया घर जाऊँगी जुतवा ले आऊँगी मुझवा पे आई है बहारे वही मेरा दिल तेरा आसी मुझवा पे आई है बहारे वही मेरा दिल तेरा आसी बनिया घर जाऊंगी बनिया घर जाऊंगी सुटवा ले आऊंगी बनिया घर जाऊंगी सुटवा ले आऊंगी सड़िया पे आई है बहारी वही मेरा दिल तेरा आसिक सड़िया पे आई है बहारी वही मेरा दिल तेरा यासिक सबसे छुपाऊंगी कुछ ना बताऊंगी सबसे छुपाऊंगी कुछ ना बताऊंगी शादी करूंगी पहली बारी वही मेरा दिल तेरा आयासी शादी करूंगी पहली बारी वही मेरा दिल तेरा यासी